ये गोचर आपके होगा चतुर्थ स्थान से और देवगुरु बृहस्पति आपके लॉर्ड बनते हैं ये तृतीय स्थान अर्थात पराक्रम के घर के लॉर्ड बनते हैं और छठे स्थान रोग ऋण शत्रु इनके जो है लॉर्ड बनते हैं और ये गोचर आपके फोर्थ हाउस में हो रहा है फोर्थ हाउस जो होता है ये सुख का होता है तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हैं फोर्थ स्थान पर जब ये जो है पर गोचर करेंगे संचरण करेंगे तो फोर्थ स्थान जमीन से संबंधित होता है यदि आप किसी जमीन में यदि आप किसी प्रॉपर्टी में तुला राशि के जात को स्पेशली आप लोग जो है निवेश करने जा रहे हैं तो पेपर वर्क अच्छे से पढ़ लीजिएगा अन्यथा किसी भी प्रकार के जो है आप लोग Uh, क्या कहते हैं ठगी के शिकार हो, हो सकते हैं निश्चित रूप से ठगी के शिकार हो सकते हैं वाहन इत्यादि यदि आप लोग लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको सावधानी बरतना रहेगा आप लोग थोड़ा सा उनसे मोल तोल करिएगा तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर डील प्राप्त होगी साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा पैतृक संपत्ति की यहाँ पर प्राप्ति कराएगा यदि आप लोग कोर्ट कचहरी से संबंधित घर परिवार में कुछ चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के तो इसमें आपके लिए जो है मील पत्थर यह साबित होगा साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति फोर्थ स्थान पर बैठ करके सप्तम स्थान अर्थात अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं अब यहाँ पर आपका करेगा क्या देव गुरु बृहस्पति तो यहाँ पर होगा ये साहब कि यदि आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया था और बैठे थे इंतजार में कि अभी तक नौकरी नहीं मिली तो अब नौकरी मिलने का समय आ गया है निश्चित रूप से आपको को कोई अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है साथ ही साथ आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी आपके पापा का आपके पिता का प्रमोशंस इत्यादि हो सकता है पिता के साथ संबंध यदि कुछ गड़बड़ थे तो वो अब जा कर के यहाँ मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही साथ यहाँ से नवम दृष्टि देखिए ये द्वादश स्थान को दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति तो विदेश यात्राओं का योग बनेगा आप लोग विदेश जा सकते हैं लेकिन यात्राओं पर आपको सावधानी रहने की जरूरत रहेगी अन्यथा कोई सामान इत्यादि आपका जो है चोरी हो सकता है साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है इस गोचर के दौरान वहाँ सावधानी पूर्वक चलाइएगा अन्यथा किसी चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं खेल में रुचि रखने वालों के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा जो लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं आप लोग विदेश जा सकते हैं व्यवसाय को लेकर के कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है कार्यस्थल में धैर्य से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे इस कोचर में आपको प्रमोशंस मिलेगा सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा तथा स्थान परिवर्तन का योग भी मिल रहा है तुला राशि के जात इस गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी आप लोग भूमि में निवेश करेंगे कोई फ्लैट या कोई घर में निवेश करेंगे भौतिक वस्तुओं की आप लोग खरीदारी कर सकते हैं संतान की तरफ से किसी बात को लेकर के कुछ आप लोगों के लिए कष्ट हो सकता है छोटे भाई बहनों से आपका अच्छा साथ मिलेगा साथ ही साथ आध्यात्मिक कार्य में आपकी रुचि जागृत होगी और धार्मिक यात्राओं में भी रुझान होगा नौकरी के क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से तरक्की मिलेगी फिर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो फिर चाहे वो सर जो है क्या कहते हैं प्राइवेट जॉब हो निश्चित रूप से जितना आप मेहनत करेंगे उस अनुपात में आपको प्रमोशन भी मिलेगा सीनियर्स के साथ किसी भी तरीके के मतभेद होने से बचे तो बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो देखिए आपको बृहस्पतिवार वाले दिन बंदरों को केला खिलाना रहेगा जिससे आपको जो है मंगल का प्लस बृहस्पति ये दोनों का जो है साथ आपको मिल जाएगा साथ ही साथ बृहस्पतिवार वाले दिन किसी मंदिर में किसी बुजुर्ग को या किसी ब्राह्मण को आपको सवा किलो चने की दाल केसर और सवा मीटर पीला कपड़ा पीला वस्त्र जिसको बोलते हैं ये आपको दान करना चाहिए किसी छोटे बच्चों को पढ़ने वाले बच्चों को आप लोग लेखन से रिलेटेड स्टेशनरी से जो है संबंधित सामग्री दान करिए हो सके तो जब तक देवगुरु बृहस्पति नीच के रहेंगे तब तक आप लोग व्रत रहिए उपवास रहिए बृहस्पतिवार वाले दिन नमक एवॉड करिए ये उपाय आपको करना रहेगा तो दर्शकों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 Badi dar sa.